करें आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट टॉप इवेंट कौन सा होने वाला है और विध रूप में इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल देने वाला हूँ तो आपको तो पता है की मैं बिना पुरुष बात नहीं करता मुझसे बुरा लगता है और साथ ही बात करें कुछ अपकमिंग इवेंट्स के बारे में तो वीडियो में आगे से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल पेस लेकर के जरूर से तो रख ले ताकि जो भी लेड से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे कोई तो चलिए आज काउंटेंट स्टार्ट करते हैं ओके यही तो अब बात करते हैं अपने फर्स्ट एवेट के बारे में तो जैसा कि मैंने बोला था कि ये कुछ 4 दिसंबर को गेम में न्यू फेड आ जाएगा जो कि फाइनली गेम में आ चुका है जिसमे और साथ में एक इमोट भी दिया गया है, जो की देखने में बहुत ही ज्यादा कुल लग रहा है और ये वाला इमोट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा आपको कैसा लगा आपने इस इमेंट में निकाला या नहीं कमेंट में जरूर से बता देना ओके यही तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड एवेट के बारे में जो होने वाला है नेक्स्ट रोयल तो पहले अपनी स्किन देख लो स्नाइपर जो कि पूरी अपने में, में बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है और ये वाला गन अभी रिसेंट में गेम में आया है आप में से कौन सा स्नाइपर सबसे अच्छा चला लेता है कमेंट में जरूर से बता देना नहीं मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का मैं नहीं बताऊंगा आपको ये वाला ट्रीटमेंट स्नाइपर कैसा लगा आप इसमें डायमंड वेस्ट करोगे या नहीं कमेंट में जरूर से ये भी बताना ना भूलें। भूले okay, तो अब बात करते हैं है तो गेम में अभी ये वाला टॉपा इवेंट चल रहा है लेसिस मोर टॉप अपनी कम ही ज्यादा है इसका मतलब ये हुआ अगर आपके अकाउंट में जितने कम डायमंड होंगे आपको उतने ज्यादा डायमंड मिलने वाले हैं यानी आपको ओनली वन में 520 सौ डायमंड मिलने वाले हैं एंड आई नो आप ये वाला जो ऑफर है वो मिस नहीं करोगे इस वाले टॉप इवेंट की लास्ट सात दिसंबर है और आपको गेम में 8 दिसंबर को न्यू टॉप इवेंट देखने को मिल जाएगा ग्लूवल टॉप अप आप। इसमें आपको एक ओपी सा ग्लूवल दिया गया है जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ओपी लग रहा है एनडीए वाला जो ग्लुअल है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और साथ में आपको एक स्लीपर की स्किन भी दी गई है और ये वाला सुन के कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है मतलब कुछ भी एनडीसी वाला जो टॉपा इवेंट इंडियन शो में आने की जो चांसेज है जो वो सेवेंटी परसेंट है बट लेट्स देखते हैं आगे आगे क्या होता है हमारे साथ गरीना क्या सीन करती है क्या बोला तूने आइए वीडियो को अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और अगर आपके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं वहाँ मैसेज कर सकते हैं वहाँ पे आपको रिप्लाई जरूर से मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा साथ में फॉलो भी आप कर लेना तो आज के वीडियो बस इतना ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नहीं अपडेट के साथ तब तक ले बाय बाय टेक केयर